हेलो गाइस, सो गाइस अभी हम सोके उठ चुके हैं तुमने तो चाय भी ऑर्डर कर ली चाय पी भी, भी ली और फ्रेश भी हो गए बस अभी नहाना बाकी है अभी जा रहे हैं नहाने अभी एक मेरी फ्रेंड गई हुई है नहाने तो जब वो आ जाएगी उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने फिर रेडी हो हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए देखते हैं फर्स्ट हम कहाँ जाएँगे शायद आई थिंक हवा महल ही जाएंगे और भी हम जाएंगे बाहर ब्रेकफास्ट करने आज यहाँ पे बहुत सारी बारिश हुई है एकदम तेज वाली बारिश बाहर इतना पानी जमा हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ इन मोहतरमा के कॉल्स करने कॉल्स या स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट ही करूंगी हाँ so finally, हम रेडी हो चुके हैं रेडी होके निकल रहे हैं सब चलते हैं डोर लॉक कर दो, yeah. कैसे दो ये है हमारे फिरंगी दोस्त हाय गाइस। <laughs> ये मेरी फ्रेंड चलो चलें घूमने सब वैसे ये पेंटिंग्स कितनी अच्छी बनी हुई है यहाँ पे है ना नाइस नहीं हम निकल रहे हैं चलो वैसे यहाँ के सभी होटल्स में ऐसी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बना रखी हैं इन लोगों ने चल रहे हैं चलो वैसे आज का मौसम भी साफ है धूप नहीं है ठीक है इतनी बारिश हुई है तो अच्छा लग रहा है ये देखो Oh, oh, oh. रेस्टोरेंट इन एक्चुअली जयपुर आइज हमने खाना ऑर्डर कर दिया है हमने ये मंगवाया है दाल बाटी और ये है दाल और ये घी है ये है पनीर का परांठा है नहीं हाँ, हाँ पनीर का परांठा और ये दिस इज आलू प्याज परांठा सो हाँ pickle पिकल भी है यहाँ पे अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है यहाँ का खाना चलो झूठ पड़ो खाना खा के निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से और जो हमारे रेस्टोरेंट का नाम है मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट सीरत तीस बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ पे मज़ा आ गया खा के आप भी एक बार जब जयपुर आएँ ज़रूर ट्राई करना बहुत मज़ा आएगा आपको तो आएगा आज हम लोग आए हैं जयपुर जयपुर में जल महल आप देख सकते हैं जीण। ये, ये, ये, ये देखो कैसा लग रहा है फीलिंग रियली अमेजिंग ये है हमारे फिरंगी फिरंगी दोस्त जस्ट फॉर सेइंग आई एम नॉट